पिछले कुछ बीते दशकों में ये पूरी दुनिया और टेक्नोलॉजी हमारी सोच से कई गुना ज्यादा आगे बढ़ चुकी है फीमेल्स कुछ मूवमेंट्स और रेवोल्यूशन के जरिए पहले से ज्यादा इंडिपेंडेंट मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग, प्रोफेशनली सक्सेसफुल और ओवरऑल भी स्ट्रांग हो चुकी हैं। लेकिन वही ये सब चीजें जितनी तेजी ऐसी बड़ी और ग्रो हुई है उतनी ही तेजी ऐसी मेन्स का टेस्टोस्टर और मेस्क्युलरिटी वक्त के साथ कम होती जा रही है जिसके कारण पहले के मुकाबले आज के मैं वीक यानी कमजोर मैं आबादी और परसेंटेज सबसे ज्यादा तेजी ऐसी बढ़ा है जिसका ऐसे अधिकतर लोगों को अंदाजा भी नहीं है यानी आज से कुछ साल पहले हिस्ट्री में मेल्स कैसे होते थे उसके मुकाबले आज के मेल्स की इमोशनल मेचोरिटी मेंटल हेल्थ रियल पार्टनर से सेक्स करने की क्वांटिटी, अट्रैक्ट करने की पावर सेल्फ एस्टीम, सोशलाइज करना और इवन टेस्टोस्टोरॉन लेवल में भी जमीन आसमान का फर्क है इवन रिसर्चेज में देखा गया है की नाइनटीन एटीज मैन का टेस्टोस्टोरॉन लेवल हर साल एक परसेंट कम हो गया है यानी आज के मेल जनरेशन का टेस्टोस्टर लेवल उनके पेरेंट्स के जनरेशन ऐसी लगभग थर्टी परसेंट ऐसी तक हो चुका है मैन अपने ट्वेंटीज में रेक्टाइल डिस्फंक्शन से गुजर रहे हैं बल्कि डिप्रेशन भी सबसे ज्यादा मैन को हो रहा है सुसाइड करने वाले लोगों में से 80 परसेंट लोग मेल्स हैं। और आज के यंग मेल्स नए रिलेशनशिप बनाने लोगों के साथ सोशलाइज करने और अपने मिशन को फुलफिल करने के बजाय फॉर्न और मेस्ट्रबेशन ऐसी अडिक्टेड है अब आप ये मानो या न मानो आरोप ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है पूरा वर्ल्ड एक मेल इन्फर्टिलिटी क्राइसिस ऐसी गुजर रहा है यह नाइनटीन सेवेंटी थ्री ऐसी लेकर 2011 थाउजेंड इलेवन तक मेल स्पम काउंट फिफ्टी टू पॉइंट फोर परसेंट तक गिर चुका है हिस्ट्री में हमेशा ऐसी मेल्स का एक ही पर्पज रहा है वो है खुद को और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना और उन्हें खाना प्रोवाइड करना और फैमिली में एक लीडर का रोल निभाना पर ऐसा क्या हो गया है की आज के मैन इतने ज्यादा इनसिक्योर सेक्स और फीमेल बॉडी के लिए के बन चुके हैं और फैमिली को प्रोटेक्ट करना तो छोड़ो उनके लिए अपने प्रोफेशन पे फोकस करना फैमिली को सिक्योरिटी देना और इवन बच्चे पैदा करना तक मुश्किल हो रहा है इवन यू गव डॉट यू में पब्लिश हुई एक रिसर्च के अकॉर्डिंग साल 2016 में, में मेल्स पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च पब्लिश करी गई थी जहां मेल्स को अपनी मेस्कुलिटी को कम्प्लीटली मेस्कुलिन या कम्पलीटली फेमिलिन के बीच के स्केल पे रेड करके बताना था इसमें हैरानी की बात ये थी की सिर्फ दो यंग एडल्ट मैन ने अपने आप को कम्प्लीटली मेस्कुल रेट करा था यानी सिर्फ दो परसेंट खुद को पूरी तरह एक कंप्लीट मेल माना वहीं जब इस सेम रिसर्च को उन मेन पे करा गया जो 1965 से पहले पैदा हुए थे तो उनमें से 56 सिक्स परसेंट मैन ने खुद को कंप्लीटली मेस्कुल माना जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस है और 2022 तक ये और दुगनी स्पीड से बढ़ चुका है वेल well, इसके पीछे सॉलिड रीजन भी है जो की है दूसर फ्रॉम अ वॉरियर टू ए ममाज बॉय दोस्तों जब एक बच्चा पैदा होता है वो चाहे लड़का हो या लड़की अपने पहले कुछ साल वो अपनी मदर पे ही डिपेंडेंट होता है एक छोटे बच्चे का शुरुआत में अपने फादर के साथ इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं होता जितना अपनी मदर के साथ होता है क्योंकि 9 महीने हम अपनी माँ की बॉडी के अंदर होते हैं पैदा होने के कुछ टाइम बाद भी हम साइकोलॉजिकली भी अपनी मदर ऐसी ही कनेक्टेड रहते हैं पर पैदा होने के कुछ सालों बाद ही हर बच्चे को अपनी माँ ऐसी अलग होके अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी बनानी होती है ये वो स्टेज है जहाँ हमें एक मेल और फीमेल के बीच का फर्क समझ आता है एक रियल मैन बनना क्या होता है ये उनकी माँ उन्हें नहीं सिखा पाती हर बच्चा अपनी माँ से प्यार करता है पर एक सॉलिड फादर फिगर ना होने की वजह से वो एक ममास बॉय ही बनकर रह जाता है हर मेल को इस दौर से गुजरना पड़ता है जहाँ उसे अपनी मैस्कुलिन आइडेंटिटी बिल्ड करने के लिए अपनी माँ से मिली फैमिली नेचर को खत्म करके अपने फादर ऐसी मैस्कुल नेचर को अडॉप्ट करना होता है इसलिए जो बॉयस से मैन बनने का प्रोसेस होता है वो बहुत ही पेनफुल और मुश्किल होता है कई कल्चर्स में लड़कों को आदमी बनाने के लिए अलग अलग रिचुअल्स फॉलो कराए जाते हैं जैसे उन्हें जंगल में छोड़ दिया जाता है उन्हें अलग अलग तरह के पेन से गुजरना पड़ता है पहले के टाइम पर बहुत ही यंग एज में लड़कों को वार में भेज दिया जाता था उन्हें फेयरनेस होना करेज डेवलप करना सिखाया जाता था इस तरह ऐसी बच्चे के अंदर का लड़का कहीं मर जाता है और उसके अंदर का मर्द पैदा होता है लेकिन हमारे एनसेस्टर्स यानी पूर्वजों की तरह आज के टाइम में मेल्स को वार्स में नहीं जाना पड़ता न ही वो का शिकार करते हैं बल्कि आज के मॉडर्न मैन तो अपने मोबाइल की स्क्रीन पर चिपके हुए हैं बाहर नेचर में जाने की जगह अपने रूम में ही रहते हैं रियल लाइफ में किसी से मिलके सेक्स करने की जगह पौंड और मेस्टरबेशन में ही खुश हैं। मेस्कुलिन और मेंटली स्ट्रॉन्ग होने के जगह लो कॉन्फिडेंस एग्जाइटी डिप्रेशन और लेजीनेस का शिकार हैं। रोज एक्सरसाइज करके अपने मैस्कुलिनिटी और फिजिकली स्ट्रेंथ को बढ़ाने के जगह इन सब चीजों को अवॉइड करके वीक रहने में ही कंफर्टेबल हैं। लेकिन वहीं देखा जाए तो आज अधिकतर फीमेल्स आपको एक्सरसाइज करते हुए मिल जाएंगे उनका आज के मेन्स के मुकाबले अपनी स्टडीज और प्रोफेशनल करियर पर ज्यादा फोकस है इवन आज के टाइम आरोप अधिकतर फीमेल ज्यादातर मेल्स के मुकाबले ज्यादा इमोशनली और मेंटली स्ट्रॉन्ग है इवन रिलेशनशिप में भी मैं ज्यादा इमोशनल बिहेव करने लगे हैं और ऐसा क्यों हो रहा है इसका जवाब और रीजन अगले पॉइंट में है नाव एवरीथिंग इज फास्ट एंड ईजी फॉर मैन दोस्तों मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ डेवलप करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है वो चीजें करना जो आपके लिए मेंटली और फिजिकली बहुत मुश्किल है कोई भी इजी और एफर्टलेस काम करके स्ट्रांग नहीं बन सकता पर आज के टाइम पर लड़कों के लिए हर चीज इतनी ज्यादा आसान हो गई है जिससे वो खुद वीक होते जा रहे हैं आप खुद सोच के देखो आज ऐसी कई सालों पहले एक टाइम का खाना खाने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती थी और वो काम सिर्फ और सिर्फ मर्द करते थे जो खुद के और अपनी फैमिली के सर्वाइवल के लिए रेस्पॉन्सिबल थे पर आज अगर आपको खाना खाना है तो कुछ हेल्दी खाने के जगह अपने फोन से कुछ जंक फूड ऑर्डर करो और खाना सीधा आपके घर पे स्ट्रेस फील हो रहा है तो मेडिटेट करने के बजाय नेटफ्लिक्स यूट्यूब घंटों फोन देख लो अगर आपको डेट पे जाना है तो अपना फोन निकालो और सोशल मीडिया ऐप पे लड़कियों से बातें करो या ऑनलाइन डेटिंग साइट्स का यूज कर लो बाहर जाके अपनी पर्सनैलिटी पे काम करके किसी गर्ल को अप्रोच करने की जरूरत ही नहीं है आपको सेक्स करने का मन है तो अपनी मेस्कुलरिटी ऐसी किसी गर्ल को अट्रैक्ट करने के बजाय फोन देख लो और मेस्टिवेट कर लो आपको कुछ खरीदना है तो मेहनत से पैसा सेव करने के बजाय क्रेडिट कार्ड से ऑर्डर करके उसकी ई बनवा लो यानी मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी ने हर चीज को इतना आसान कर दिया है कि आज के अधिकतर मैन को उतने हार्ड वर्क ऐसी गुजरना ही नहीं पड़ता जिन चीजों के लिए पहले मैन फाइट करा करते थे मेंटल और फिजिकल पेन ऐसी गुजरते थे जो उन्हें एक्चुअल में मर्द बनाता था आज के टाइम आरोप किसी को भी ऐसी कोई चीज करने की जरूरत नहीं है अगस्त टू में एडल्ट वेबसाइट ओनली फैंस पे अराउंड वन पॉइंट टू मिलियन जिसमें ज्यादातर फीमेल्स थीं, जो अलग अलग तरह का सेक्सुअल कंटेंट क्रिएट कर रही हैं। वहीं वन पॉइंट टू गर्ल्स को देखने के लिए 50 मिलियन से भी ज्यादा पेइंग कस्टमर्स हैं, जिसमें ऑलमोस्ट सारे मैन हैं। ओनली फैंस के फाउंडर टिम स्टॉक ने ये क्लेम करा है कि उनका यूजर बेस पाँच लाख यूजर्स पर डे ऐसी ग्रो हो रहे हैं यानी हर महीने लाखों मैन इस वर्चुअल वर्ल्ड की दुनिया में पैसा उड़ा रहे हैं और दिन प्रतिदिन और भी वीक होते जा रहे हैं इंस्टाग्राम मॉडल्स और पॉन्ट को देखने ऐसी आप वो सारी चीजें एक्सपीरियंस करते हो जैसा आप रियल लाइफ में करना चाहते हो जब भी आप चीजें देखते हो तो ब्रेन को ये सब रियल लग रहा होता है पर आप खुद ही सोचो कि रियल लाइफ में कोई इंस्टाग्राम मॉडल इतनी आसानी से फ्री में आपके सामने ऐसे पोस्ट करेगी इसीलिए खुद को चीट करना बंद करना होगा अगर मैन को ऐसा एक्सपीरियंस रियल लाइफ में चाहिए तो इस इमेजिनरी दुनिया से बाहर निकल के रियल वर्ल्ड में आना होगा और जो चाहिए उसके लिए फाइट करके उससे अर्न करना होगा चाहे फिर वो रियल लाइफ में बहुत ज्यादा पैसा कमाना हो गेम्स की तरह ही अपनी लाइफ को लेवलअप करके रियल अचीवमेंट्स को अचीव करना हो हॉट एंड ब्यूटीफुल इंस्टाग्राम मॉडल की तरह ही गर्लफ्रेंड चाहिए हो रियल सेक्स करना हो इमोशनली मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनना हो और ऐसा मैन बनना हो जो मुश्किल वक्त में अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके या किसी ऐसी भी फिजिकली लड़ सके लेकिन हो क्या रहे आज के मॉडर्न मैन की लाइफ में जब भी कोई डिफिकल्टी या चैलेंज आता है तो वो बहुत आसानी ऐसी हार मान जाता है क्यूँकी उन्हें पता ही नहीं है की मुश्किलों का सामना कैसे करना है आज के टाइम पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी डोपोमिन को इतने हाई लेवल और चीप में रिलीज करवा देती है जितना हिस्ट्री में किसी भी ह्यूमन ने एक्सपीरियंस नहीं करा कर है आज एक मैन की जो भी कोर मेस्ट नीड्स हैं, वो सभी आज टेक्नोलॉजी के जरिए कॉपी करी जा सकती है जिससे आपके ब्रेन को वही डोपोमिन मिलता है और बिना कुछ करे वीडियो गेम खेलने से उसमें लेवल अप करके आपको वैसा ही फील होता है जैसा लाइफ में कुछ अचीव करना सोशल मीडिया के लाइक्स कमेंट्स और अटेंशन आपको वैसा ही फील कराते हैं जैसे रियल दुनिया में आपको उतनी ही अटेंशन मिल रही हो लेकिन आजकल के मेल अपनी लाइफ को इतना आर्टिफिशियल और मीनिंग लेस बना रहे हैं इसका रीजन है मैं पर्पज एंड फैमिलिन कल्चर लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट रीजन जो मैन को बहुत ज्यादा वीक बना रहा है वो है कि आज के मैन अपनी लाइफ का रियल पर्पज भूल चुके हैं या उन्हें अपना पर्पज पता तो है लेकिन उसे फॉलो करने के लिए उनके अंदर उतनी ज्यादा विल पावर नहीं है हर एक इंसान तीन बेसिक चीजें करने के लिए पैदा होता है वो है सरवाइव करना रिप्रोड्यूस करना अपने लिए और सोसाइटी के लिए कुछ मीनिंगफुल करना आरोप लास्ट 100 सालों में हमारे सारे पर्पस कहीं खो गए हैं और मॉडर्न चीजों का फोकस इन चीजों को छोड़ के बाकी की चीजों में है सरवाइव करने के लिए सरपंच खाना पापा और मम्मी के एफर्ट ऐसी मिल जाता है फिजिकल नीड पूरे करने के लिए पौन और मेस्ट्रबेशन तो है ही और कुछ मीनिंगफुल करने के लिए मन में है भी तो विल पावर की कमी है हमारे आज के कल्चर में भी मैस्कुलिनिटी को बहुत नेगेटिवली दिखाया जा रहा है और मैन में फैमिली नेचर को बढ़ावा दिया जा रहा है जहां हमें ये सिखाया जाता है कि आदमी भी कभी भी आसानी ऐसी रो सकते हैं आदमी भी बहुत सारा इमोशनल हो सकते हैं आदमी भी वीक हो सकते हैं जो इन अ वे सही भी है यानी कुछ हद तक ठीक है मैन कैन भी वीक बट मैन शुड नॉट स्टे वीक यानी हाँ आदमी कमजोर फील कर सकता है पर असल में आदमियों को कमजोर नहीं रहना चाहिए और इसमें सिर्फ मैन की गलती नहीं है बल्कि हमारा कल्चर और मीडिया ही मेस्कुलरिटी को डिस्ट्रॉय कर रहा है कंक्लूजन दोस्तों ये एक कड़वा सच है कि आज के मैन बहुत ज्यादा वीक हो चुके हैं अब दुनिया चाहे कितना भी बोल ले की वीक होना ठीक है लेकिन असल में ये ठीक नहीं है मैन खुद को फिजिकली और साइकोलॉजिकली डिस्ट्रॉय कर रहे हैं जिसे रोकने का बस एक ही तरीका है वो है अपनी मैस्कुलिनिटी को बचाना और एम्ब्रेस करना हर मैन में मेस्कुलिन और फेमिलिन ने दोनों होता है आरोप असली मर्द वही है जो अपने फैमिली नेचर को कंट्रोल में रख के अपने मैस्किली नेचर को बढ़ावा दे इमोशंस को कंट्रोल में रख के खुद पे काम करे अनहेल्दी हैबिट्स को छोड़ के अच्छी प्रोडक्टिव हैबिट्स बिल्ड करे लाइफ में कुछ भी बुरा होते ही उसके पीछे रोने के बजाय मुश्किलों का सामना करे और इस बात को याद रखे मुश्किल वक्त एक स्ट्रॉन्ग मैन को जन्म देता है एक स्ट्रॉन्ग मैन अच्छा वक्त बनाता है और अच्छा वक्त फिर उसी मैन को कमजोर बनाता है और एक कमजोर मैन ही खुद के लिए मुश्किल वक्त बनाता है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ थैंक यू फॉर वाचिंग